नकली करंसी और खतरनाक गठजोड़ की दुनिया में सनी और फिरोज़ खुद को एक अपराधी अंडरवर्ल्ड के निशाने पर पाते हैं मेगा के नकली नोट स्कैनर धन रक्षक के साथ वे संगठित अपराध की दुनिया में प्रवेश करते हैं और उन्हें सही और गलत के बीच चयन करना होता है जैसे जैसे अच्छाई और बुराई के बीच रेखाएँ धुँधली होती जाती हैं रहस्य खुलते जाते हैं और जीवन दाव पर लग जाता है प्रत्येक एपिसोड के साथ दाँव उठाया जाता है और हर कोने में खतरा मंडराता है क्या आसानी और फिर वो जिंदा निकल पाएंगे या उनका अतीत उन्हें पकड़ लेगा यह तेज दरार, रोमांचकारी सीरीज़, सस्पेंस और रहस्य से भरी है नोट भी तो किसी इंसान ने